सभी सम्मानित दर्शकों स्वागत है आपका मई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में और आज हम सिंह राशि का मई माह कैसा बीतेगा इस पर प्रकाश डालेंगे साथ ही मई माह को किस प्रकार से आप प्रभावी बनाएं किस प्रकार से आप कौन से ऐसे उपाय करें कि ये माह आपके लिए अच्छा रहे सिंह राशि के जातक इस माह आप लोग जो है लक्ष्मी के अच्छे भंडार जो है खोल लें क्योंकि जो सात मई है ये अच्छे तृतीया का दिन है तो इस प्रोग्राम के अंत में हम अक्षय तृतीया से भी जुड़ी हुई विशेष रोचक आपको जो है जानकारी व उपाय बताएंगे तो दर्शकों इस माह सिंह राशि के जात को आपके लिए कौन सा दिन अनुकूल रहेगा कौन सा दिन प्रतिकूल रहेगा किस दिन क्या काम करें किस दिन क्या काम ना करें इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और एक बात बताते चलें कि इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से हैं इस पर भी हम दृष्टि डाल लेंगे ताकि हमारे दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो आगे वाले दर्शकों उससे पहले एक आवश्यक सूचना यह देनी है कि मई माह में आप सभी दर्शकों के बीच में 20 से 26 मई तक गुजरात अहमदाबाद द्वारिका और सूरत आ रहा हूँ तो इच्छुक दर्शक यदि गुजरात से हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग हमसे मिलकर कर के अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं क्योंकि दर्शक को जहाँ पर समस्या है वही समाधान है तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं मई माह के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं तो एक तारीख दिन बुधवार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस पड़ेगा दो तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत है चार तारीख शनिवार दिन रहेगी बैसाख अमावस्या इसको दक्ष अमावस्या भी बोलते हैं पाँच तारीख रविवार दिन विश्व हास्य दिवस रहेगा छोमवार चंद्रदर्शन सात तारीख मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया मतलब मतलब नहीं और मतलब होना होना। तो जिसका छय ना हो परशुराम जयंती भगवान परशुराम जयंती भी इस दिन रहेगी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती सात तारीख को पड़ेगी 9 तारीख 9 मई गुरुवार शंकराचार्य जी की जयंती रहेगी सूर्यदास जी की भी जयंती रहेगी 11 तारीख जो है शनिवार दिन रहेगा गंगा सप्तमी रहेगी 12 मई रविवार दिन जो है मात्र दिवस रहेगा और 13 तारीख सोमवार का दिन रहेगा जो सीता नवमी का रहेगा 15 तारीख बुधवार दिन मोहिनी एकादशी और वृषभ संक्रांति भी बोलते हैं क्योंकि तो सूर्य का जो होता है ये वृषभ राशि में गोचर होता है प्रवेश होता है 16 तारीख गुरुवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा 17 तारीख शुक्रवार नरसिंह जयंती रहेगी और 18 तारीख शनिवार को वैशाख पूर्णिमा और बुध पूर्णिमा बोली जाती है रहेगा 19 मई रविवार के दिन नारद जयंती है बाईस मई बुधवार को एकदम जो है संगष्टी चतुर्थी पड़ेगी छब्बीस मई रविवार दिन भानु सप्तमी रहेगी तीस तारीख को गुरुवार दिन रहेगा अपरा एकादशी और अंत में चलते हैं इकतीस तारीख शुक्रवार प्रदोष व्रत भी रहेगा इसके साथ साथ विश्व तम्बाकू निषेध दिवस रहेगा तो जो भी दर्शक ये किसी प्रकार का धूमपान करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ना करें तो बेहतर रहेगा चलिए सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं तो सिंह राशि के जात को जो हम डेट बताने जा रहे हैं इस पर आप गौर करिएगा और ग्रह के जो गोचर की स्थिति है इस पर भी हम चलिए प्रकाश डाल देते हैं देखिए आपके राशि के स्वामी उच्च के भाग्य के घर में रहेंगे बुद्ध के साथ रहेंगे दो तारीख से दो को बुद्ध भी आ रहे हैं शुक्र उच्च के रहेंगे और चंद्रमा राहु मंगल ये 10 तारीख को युति बना रहे हैं जो कि बहुत खराब युति रहेगी और 10 तारीख को कोई आपको तगड़ा लॉसेस भी हो सकता है गुरु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं केतु और शनि ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं तो दर्शकों सिंह राशि के जातकों मई माह जो एक से लेकर के छः मई तक की जो अवधि रहेगी तो अपवाद की स्थिति जो चली आ रही है ये समाप्त होती हुई दिखेगी क्योंकि सूर्य और बुद्ध का आदित्य योग जो आपके भाग्य के घर में बन रहा है इसके कारण आप अपनी वाक्यपुता के कारण स्थितियों को अनुकूल करते हुए चले जाएंगे आपके मार्ग में जो अवरोध तथा विघ्न बाधाएं आ रही थी समाप्त होगी आपको यात्राओं से लाभ होगा मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी सैलरी में इंक्रीमेंट लगने का पूरा पूरा योग है कार्य व्यवहार सुचारू रूप से होने से आपको सफलताएं मिलेगी सगे संबंधियों तथा सहोदरों से सहयोग तथा उत्तम धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है धर्म की ओर तथा शास्त्रीय संदर्भों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी विदेश अथवा सुदूर स्थान की यात्राओं का योग बन रहा है इस अवधि में जंक फूड आदि के भोजन से देखिए आप लोगों को बचना रहेगा अन्यथा आपको कोई जो है डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और वेट आपका अचानक से बढ़ सकता है अवांछित कार्य करने से बचिएगा और जो विद्यार्थी वर्ग हैं इनका यदि कोई रिजल्ट आने वाला है और ये पंद्रह तारीख के यदि पहले आ रहा है तो आप लोगों को इसमें सफलता 100 परसेंट मिलेगी ही मिलेगी सात मई से अट्ठारह मई तक का जो समय रहेगा भूमि भवन से लाभ के लिए ये बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है इस बीच आपको कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी कोर्ट कचहरी के मामले में आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे जिससे मन आपका बहुत प्रसन्न होगा और भोग उपभोग की बहुमूल्य वस्तुएँ आप लोग क्रय करते हुए प्राप्त करते हुए नज़र आएंगे शासकीय माध्यम से भाग्योन्नति आपको होगी देश के अंदर ही लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेगी इस माह बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल उठापटक होगा और कह सकते हैं कि तमाम जो है जो सिंह राशि के जातक हैं या यूँ कह लीजिए सिंह लग्न भी जिनका है और सिंह राशि भी जिनकी है उनके लिए चुनाव में विजय प्राप्त होती हुई नजर आए कि विजय पताका वो लोग लहराते हुए नजर आएंगे किसी प्रतिष्ठित कार्य के लिए सफलतापूर्वक संपन्न होने का आपको आनंद मिलेगा इस माह आपको प्रमोशन भी बिल्कुल तय है मिलना 18 मई के बाद मासांत तक आप लोगों को अपनी वाड़ी पर विशेषकर नियंत्रण रखना है अन्यथा वाक चातुर्य से आपको हानि होती हुई दिख रही है पदोन्नति में अथवा कार्य अवरोध में जो है क्या कहते हैं कोई परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है विरोधी इस बीच सक्रिय बहुत ज्यादा होंगे आपके खिलाफ एक स्वर से खड़े हो जाएंगे व्यावसायिक हानि तथा असफलता का योग ये अंतिम जो है दस दिन का दिखा रहा है मान प्रतिष्ठा में आपके हानि होती हुई दिखेगी दाम्पत्य जीवन में वही कुछ कमी होती हुई दिख शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ी है दांपत्य जीवन में हालांकि कुछ हद तक की आप लोग सुधार ले जाएंगे मिथ्या अपवाद से आपको बचना रहेगा किसी के दुर्व्यवहार से इस माह आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता हुआ दिखेगा आपका मन इस माह बहुत ज्यादा चंचल व अशांत रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे सिंह राशि के जात को हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे कोई आरोप लगा दे तो इस आरोप प्रत्यारोप के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा वहीं पर 10 तारीख के बाद 10 तारीख की जो स्थिति रहेगी चंद्रमा राहु का ग्रह दोष जो बन रहा है इसमें आपको धन हानि होती हुई दिख रही है आप किसी को यदि कोई पैसा उधार देते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको वो धन लौट करके ना मिले शेयर मार्केट में इस माँ बहुत सोच समझ आपको निवेश करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं और एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको जो है वजन वगैरह अचानक से बढ़ सकता है लूज मोशंस वगैरह की दिक्कत होगी या पेट में अचानक से दर्द रहेंगे तो दर्शकों चलिए हम चलते हैं कि आपके लिए जो लकी दिन रहेगा सबसे ज़्यादा लकी दिन रहेगा ये कौन सा रहेगा तो जो शुभ दिन रहेगा आपके अनुकूल दिन रहेगा आप जब नोट कर लीजिए दो तारीख रहेगी पाँच तारीख रहेगी आठ तारीख रहेगी ग्यारह तारीख रहेगी इक्कीस तारीख रहेगी पच्चीस तारीख रहेगी इस दिवस में यदि आप कोई भी अभीष्ट कार्य करने जा रहे हैं तो आपके वो कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं वहीं प्रतिकूल प्रतिकूल दिनांक की हम बात कर लेते हैं तो एक तारीख तीन तारीख दस तारीख बारह तारीख चौदह सोलह अट्ठारह तेईस अट्ठाईस तीस और इकतीस तारीख आपके लिए बड़ी प्रतिकूल रहेगी तो इन सब तारीख में इन सब डेट्स में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ करके रखना है फुक-फुक के कदम रखने होंगे चलिए दर्शकों उपाय की ओर चलते हैं हमारा अंतिम पढ़ाव उपाय का आता है और इस पढ़ाव पर आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारा फेसबुक पेज है एस्ट्रोविदास इसको आप लोग जा करके लाइक कर लीजिए इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए इस वीडियो को लाइक करिए जो भी संकेत इस वीडियो में दिए जाते हैं देखिए लाइक का हो डिसाइक का हो कमेंट का ये यूज करने के लिए दिए जाते हैं तो यदि आप ये हमारे सम्मानित दर्शक आप लोग हैं तो इसका आप लोग जरूर प्रयोग करें तो दर्शकों उपाय के तौर सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा शमी पत्र लेना है और आपको शनिवार वाले दिन के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने के बाद आपको जल में काला तिल डाल के ओम नमस्कार अभिषेक करना रहेगा दूसरा प्रयोग बुधवार वाले दिन भैरव मंदिर में आप लोगों को दूध का दान करना रहेगा अक्षय तृतीय के दिन जी हाँ हमने अक्षय तृतीया के बारे में बताया था धरती की उत्पत्ति भी इसी दिन होती है मानी गई है अक्षय तृतीया के दिन तो अक्षय तृतीया के दिन पूरी पूजा कैसे हो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी कि लक्ष्मी पूजा बाई एस्ट्रोविदासीज तो वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पर आप लोग वो वीडियो देख सकते हो स्वयं से पूजा कर सकते हैं बिना किसी पंडित ज्योति को बुलाए हुए तो अक्षय तृतीया के दिन आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है रेशमी कपड़ा हो तो बेहतर रहेगा और जहाँ पर आप धन रखते हैं तो उस कपड़े में करना क्या है उस लाल वस्त्र में क्या करना है ग्यारह सूखे छुहाड़े लेने हैं एक एकाच्छी नारियल ले आइएगा पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा और उसमें ग्यारह दूरबा आपको रखना रहेगा एक चांदी का सिक्का उसमें रख लीजिएगा अब उस पोटली को पूजा जहाँ आप अक्षय तृतीया की करते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा पूजा के उपरांत उसमें गाँठ लगा के धन रखने के स्थान पर रखिए और हाँ दर्शकों प्रतिदिन इस सामग्री को धूप बत्ती दिखाना बहुत आवश्यक रहेगा तो ये आपको प्रयोग अच्छा तृतीया के दिन करना रहेगा शनिवार के दिन भैरव मंदिर में काजल का दान और चमेली के तेल का भी आप लोगों को दान करना रहेगा अपने इष्टदेव उच्च के हैं देव तो प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के दर्शन हाथ जोड़कर के पाँच मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाइए पर्याप्त तो रहेगा ये आपके लिए ये प्रयोग आप करिए आपका पूरा माह आपके अनुकूल चलेगा बहुत अच्छा जाएगा तो दर्शकों हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों जाते जाते वही एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और हमारे फेसबुक पेज एस्टोबिद आशीष को जरूर लाइक करिए और हाँ आप लोग गुजरात में मिलना मत भूलिए बीस से छब्बीस मई आप लोग ये डेट अपने रिमाइंडर में ट कर लीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद